हरदा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है इस दौरान पटेल ने अपने निवास पर परंपरा अनुसार विधिवत कन्या पूजन कर अपने दिन की शुरुआत की लोगों ने भाव विभोर होकर अपने लाडले नेता को पुष्प माला गुलदस्ता देकर मिठाई बांटकर अपनी खुशी को जाहिर किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी अमूमन भाजपा में जन्मोत्सव मनाने की परंपरा नहीं है लेकिन क्षेत्र की जनता है कि वह मानती नहीं है जनता के स्नेह पर हरदा में जन्मोत्सव की धूम मची हुई है गांव में जगह जगह लोग अपने तरीके से मंत्री कमल पटेल का जन्म दिवस मना रहे हैं सितंबर के आखिरी पखवाड़े से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक मंत्री पटेल का जन्मोत्सव हरदा जिले में मनाया जा रहा है यह पहला मौका नहीं है जब इस प्रकार का माहौल हरदा जिले में देखने को मिल रहा है हर साल इसी तरह के आयोजन सितम्बर के आखिरी पखवाड़े से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक होते हैं आदिवासी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर नगरी सब तरफ उत्सव का माहौल रहता है इसी दौरान मंत्री पटेल के गृह ग्राम बारंगा में गांवों की पुलिस यानी की कोटरवार समुदाय ने एक विराट सम्मेलन कर मंत्री पटेल का जन्म मना कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनका तुलादान किया गया